बाबो में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू वसी हो बाबो में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू बसी